उम्र छोटी है तो क्या जिंदगी का हर एक मंजर देखा है उम्र छोटी है तो क्या जिंदगी का हर एक मंजर देखा है फरेबी मुस्कुराहटे देखी है बगल में खंजर देखा है